हेलो फ्रेंड्स तो आज हम बात करने वाले हैं कि ट्रेडिंग के लिए बिगनर ट्रेडर के लिए जिरोदा बेस्ट है या ग्रो बेस्ड है राइट तो अगर आप बिगनर ट्रेडर हैं तो आपके लिए जिरोदा ही बेस्ट है ऐसा मैं नहीं कहने वाला हूं रीजन जिरोदा बहुत फेमस है हर जितने भी ट्रेडर आते हैं जिरोदा ही इस्तेमाल करते हैं लेकिन एक बिगनर के लिए ग्रो बेस्ट है रीजन क्या है जिरोदा में इनबिल्ड आपको ऑप्शन चैन देखने नहीं मिलता है ठीक डबल डबल एंट्री ले लेते हैं जिसके कारण एवरेज होता है और एवरेजिंग के कारण उनका अच्छा खासा लॉस हो जाता है राइट उसके बाद क्या अगर मान लो कि आप कोई एक्सपायरी का ट्रेड ले रहे हो मान लो राइट तो यह सब गलतियां होती है और बहुत होती है बिग्नर ट्रेडर के साथ ऐसा होता ही है उनको टाइप, करने, उनको टाइप करना पड़ता है और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब वो टाइप करते करते जाते तब तक उनका ट्रेड निकल जाता है राइट तो इन सब से बचने के लिए आप जो है ग्रो का इस्तेमाल कर सकते हैं बिकॉज ग्रो में कैसा है कि उसमें इनबिल्ट ऑप्शन चैन देखने मिलता है, राइट? आपको कुछ नहीं करना है आपको अगर बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है आपको ऑप्शन चैन में जाना है आपको एटीएम ओटीएम, टीएम सब दिखेगा जो आपको स्ट्राइक प्राइस ले है उस पर क्लिक करो बाई करो बाय भी आप इजिली वे में कर सकते हो अगर आप बारह क्वांटिटी तक का ट्रेड अप करना चाहते हो तो आपके लिए ग्रो बेस्ट है हाँ अगर आप 1200 से ज्यादा आप आपको लगता है कि नहीं अगर आप जो है प्रो ट्रेडर बन गए हैं आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर है आपको अपनी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए तो आप उसके बाद जीरोता पे आ जाओ नो इश्यू राइट लेकिन जब तक आप बिगनर है जब तक आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है आप ग्रो पे रहो आपके लिए बेस्ट है बिकॉज वहां पे इनबिल्ट ऑप्शन चाहना है आपको खरीदना बेचना सब कुछ आसान है आपसे गलतियां नहीं होंगी वहां पे एक्सपायरी भी आपके सामने दिखेगा ये एक्सपायरी का ये स्ट्राइक प्राइस है ये एक्सपायरी का ये है वहां पे चूज करने का या फिर टाइपिंग करने का ऑप्शन नहीं है मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ आप देख लो तो ये बेस्ट ऑप्शन है आप ग्रो ही इस्तेमाल करो आपके लिए अच्छा है और मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप ग्रो इस्तेमाल करो इसक्रीन आप ग्रो मुझे पैसे दिए ऐसा कुछ नहीं है बस मैं आपको अवेयर कर रहा हूं अगर आप चाहो तो एक बार दोनों को कंपेयर कर दो अगर आप बिगनर हो हाँ जो प्रोफेशनल बन जाते हैं फिर उनके लिए क्या? उनको तो बड़े बड़े क्वानिटी में ट्रेड करना है तो का देता है। तो आप वहां जाकर ट्रेड ले सकते हो लेकिन अगर आप बिगनर हो आप 100 क्वान्टिटी 200 सौ 250 ढाई सौ ट्रेड करते हो पांच सौ ट्रेड करते हो तो आप ग्रो से करो ना इजी है वहां पे हर चीज इजी है आप कर सकते हो राइट आप लोगों को मत देखो कि वो वहां करा तो मैं उसी में करूंगा तो प्रॉफिटेबल रहूंगा भाई ऐसा कुछ नहीं होता ठीक है आप पहले अपनी जो अपनी कमियां है उसको देखो और आपको जो इजी लगे आप वो पहले यूज करो उसके बाद आप जिरोदा पे आ जाओ जब आपके क्वांटिटी बढ़ जाए मैं भी पहले ऐसे ही करता था नहीं तो मैं जो मैंने जो देखा है वो मैं आपको बता रहा हूं और ये वाकई फायदेमंद है कभी कभी आपकी गलतियों के कारण आपका लॉस होता है वो लॉस आपका बच जाएगा भाई तब करके देखो राइट और मैं बहुत ही जल्द बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोज लाने वाला हूँ प्राइज एक्सेस बेसिस पे टेक्निकल बेसिस पे जो पेड कोर्सेज होते हैं वो भी मैं आपको फ्री में देने वाला हूँ तो चैनल को सब्सक्राइब करो लाइक करो शेयर करो धन्यवाद बाय